ज़िंदगी में दोस्त आगे बढ़ाने वाले होना चाहिए जिंदगी में दोस्त आगे बढ़ाने वाले होना चाहिए लोगों के सामने अपनी औकात दिखाने वाले नहीं